ओ बा शादी कर सोना जहल के यही बान कोना से सुना जहल लौके अब कोना कोना से हो बाबा शादी करवा दो हमारा सोना से हो बाबा शादी करवा दो हमारा सोना से जहाल के यही बाबा बाबा शादी करवा दो हमारा सोन से अभी आप सुन रहे हैं एनएन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति शादी करवा हो बाबा से बाी हो बाबा बहर नयना के दिन से देखिए ओ करे हम सपना करे हम सपना कहर आगे थो थो करे हम नाली छोरा दाना हमारा जादू टोना से हाली छोरा दाना हमारा जादू टोना से हो बाबा शादी करा एन एन म्यूजिक की प्रस्तुति शादी हो बाबा हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो बाबा शादी कर रहा हम रंग छाबा बाबा बा बाके रनिया बना दो हमरा घर के सुनना कन क हो बाबा दिला बाके रनिया बना दो न हो बाबा हमरा घर के घरिया आया से है रमन जी के रोना से हो बाबा शादी कर बा